मध्य प्रदेश में तीन दिन से लगातार बारिश होने की वजह से कई गाँवों से संपर्क टूट चुका है उमरिया मार्ग पर पानी पुल के ऊपर से बह रहा है जिससे लोगों की आवाजाही बंद हो गई है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश होने से बारिश का पानी पुलों के ऊपर से बहना शुरू हो गया है उमरिया रोड में बगदरी पुल के करीब छह फुट ऊपर तक पानी आ गया है वहीं करचलिहा के पास उमरार नदी का पानी पुल के ऊपर आ चुका है जिससे वहां के लोगों का आवागमन पूरी तरह बंद है जिला प्रशासन ने डी के जवान को तैनात किया है पुल के ऊपर पानी आने से कई गाँवों से संपर्क टूट चुका है